तो मेंशन करो उस दोस्त को जिसकी दाढ़ी नहीं आती जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर वैसी बिना दाढ़ी का दोस्त माल बराबर बेटा अगर 14 फरवरी तक कोई सेटिंग नहीं हुई ना तो मेरी आखिरी उम्मीद तुझसे ही है